के के के एक एक अस्पताल के होस्टल में गत दिनों नर्स बलजिंदर कौर की हत्या के मामले को को हल करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है गौरतलब रहे कि नर्स बलजिंदर कौर निवासी गांव जोधे थाना ब्यास जिला अमृतसर जो कि लगभग तेरह वर्षों से ग्रीन मॉडल टाउन के संगा चौक के नजदीक पर लाई अस्पताल में बतौर नर्स ड्यूटी कर रही थी वह अपनी दोस्त ज्योति परमार के साथ अस्पताल की छत पर रात के समय सोई हुई थी इस दौरान अस्पताल की दीवार लांघकर छत पर चढ़कर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से बलजिंदर कौर की तेज तेजदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी जबकि ज्योति परमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरशरण सिंह संधू ने बताया कि इस हत्या के मामले को हल करते हुए 34 वर्षीय एक आरोपी को काबू किया गया है पकड़े गए आरोपी की पहचान सतगुरु सिंह निवासी गांव टिब्बी थाना अमलोह जिला फ़तेहगढ़ के तौर पर हुई है प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बलजिंदर कौर के साथ पिछले चार महीनों से सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ा हुआ था और उसके साथ विवाह करवाना चाहता था लेकिन पिछले थोड़े दिनों में ही इनकी आपस में अनबन हो गई थी और वह इसी गुस्से के कारण अपने गांव से ट्रेन के द्वारा इस घटना को अंजाम देने के लिए जालंधर आया और अस्पताल की दीवार लांग कर वह अंदर दाखिल हुआ और उसने तैश में आकर बलजिंदर कौर की हत्या कर दी जबकि मृतका की सहेली द्वारा इसका विरोध करने पर उस पर वार कर वह वहाँ से फरार हो गया जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट हांडेबुक चैटिंग एक दूजेडक्शन जी है बहुत पुराना नहीं ते चार महीने बलजिंदर तीन बार बार मार्जी ने मजामत अपनी चाकू जरावर हो गया लगे हुए अपने आप बड़ा फीचर है जिद तो डिफरेंस इतों ही अगे जी है बहुत सारी गल का सू पता लगे नीड्स अकेश